लेकिन हम ये शायद भूल जाते हैं कि हमारा है। तो like मेंटल खुद एक साल की है देते हैं, फिर means, फिर test, उसके एक साल पहले से कर रहे हैं तो और जर्नी लंबी हो जाती है तो उसमें हमें करने के लिए पॉजिटिविटी बेहद जरूरी है तो आई केप्ट आई स्टडीड इन भोपाल जहां पर आई डिसाइड तो इट वॉज गुड फॉर मी वहाँ पर थोड़ा सा मम्मी से talk, उनके हाथ का खाना खाती थी पापा से बात आई लिटल ब्रादर तो उससे सब मस्ती करना एंड ऑल दैट तो दैट थिंग इज इक्वली इम्पॉर्टेंट अपने आप को मोटिवेटेड रखना पॉजिटिव लोगों से जुड़े रहना वो भी बेहद जरूरी है थोड़ा म्यूजिक का सहारा लिया मैंने लिसन टू सॉन्ग्स दैट बूस्टेड मी अप एंड एज यू सेड योगा सो माय मदर ऑलवेज फोकस्ड ऑन योगा कि नहीं दिस इज़ वन थिंग यू शुड भी फोकसिंग अपॉन अपार्ट फ्रॉम यूर स्टडीज सो आई ऑल्सो सी कि वट यू आर डूइंग फिजिकली ऑल्सो यू हैव टू बी फिट टेकआउट टाइम फॉर समिजिक